हाय फ्रेंड्स आज खेलने वाला है इन नेट नेट वो भी से से देख हो आप मैं नेट से खेल रहा हूँ आज जगह आप भी खेलिए मैं बता तो कैसे खेलना है देखिए और... बहुत मज़ा आया हुआ नेट पे कर सकते नेट भी खेल सकते हैं विदाउट नेट पर भी खेल सकते हैं इसे ऑफलाइन मोड में टाइप करना है और आ गया देख सकते हो आप कैसा नहीं चाली हो जाए जल्दी चलो जल्दी पकड़ ले जल्दी चलो जल्दी हो जाए चलो हो चल भाग जल्दी चल जा हां और जल्दी जा जल्दी जा साथ साथ खेल मारती उसे ऐसे मार दे मार दे मार दे उसे मार उसे मार डाले उसे मार अरे मार ना ताकत और चम कितना स्लो होगा ये नहीं स्पीड हो जाएगा देखना अरे तू कैसे आ गए नहीं यार बड़े भाई उधर है ना ले ले ले, ले, ले, ले, ले, ले ले ले अबे आ अब बाहर देखो क्या चल भाग भाई अबे अब कोई बात नहीं तुम क्या रह अबे मार मार मार मार ये मैंने समझा दे दे दे या मारे क्रैश आई फ्रोन ले तो। फिर से आ गया क्या? दोस्तों आप भी हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर करना मत मैं चाहता कि आप सब लोग लाइक कर दें चल देख पीछे आ गया गोल्ड हो गया, जल्दी जा जल्दी जा जाना, ऊपर ऊपर जा, जा, जल्दी जा ऊपर जा, भाई कितनी देर लग रहा है कोई कितनी देर लग, दे दे तो जल्दी जाना, अरे क्या आई चल ले ले ले, ले। बार मार अबे तो मार मार मार, गया, मार गया। चल बजे लीजिए ऊपर जाए पास लोगों को मारते हैं मर गया है जार जा देर जा रहा है भाई ऊपर जाओ ऊपर तो आ गया मैंने मार दे लोगों को। इसे तो मार दिया अबे जल्दी जल्दी आज मुझे पता है इधर ही मार दे इसको ले इसे भी ले ले इसे भी ले ले या, अबे जल्दी जल्दी अबे यार क्या हो गया ये दूसरे लोगों ने आ गया चल बोल कर दे मो गया अब तो कोई नहीं बच सकता इसे तो मारते इधर आ गया ना तू चल ले ले ले ले, ले। कितना पावरफुल है भाई <coughs> <coughs> थी थी थी चला गए, चल भाई भाई से भी तो आ गया ना, अब तो नहीं तू तो इधर ले ले, ले ले, ले इसे ले, ले भी मार यार, फिर से मत आना इधर मार दूंगा छादी बैंड के जेल में भी डाल दूंगा चल मार दे। बाद में चल पाले गोल करते हैं भाई कितने बेचारे लगे पीछे चल गोल कर दस परसेंट गया। चल मार दे मार दे मार दे मार दे फिर फिर मार जा। है मार दूंगा नीचे क्या अबे अब मा Mr. Mine, Mr. Hmm, talking something. तो मार दे पर गोली तो गोली एक बार भी नहीं चल मार मार मार दे दे दे भाई मारते मारते बाई आपको मारते हैं दिन दिन दिन दिन दिन दिन. हाँ! मैं मतलब अब खुश से बच गया और किधर है है है तू तो ऊपर ऊपर क्या कितने मारन वे अबे अबे, अबे? तो जल्दी करो कर किधर किधर जा रहे हो जल्दी जाओ भाई जल्दी जाओ जल्दी जाओ अच्छे जा। इतना चलो तो कोन भी नहीं जाएगा जा। छे बस टाइम दो टाइम दो द